हाय दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें टीम के कप्तान श्रेयस अयर अपने साथी खिलाड़ी पेट कमिंस को बंगाली मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में श्रेयस जब कमिंस को मिठाई चखाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज को बंगाली मिठाई का स्वाद कुछ इस तरह लग जाता है की वह श्रेयस ऐसी और मिठाई मांगने लगते हैं सोशल मीडिया आरोप यह वीडियो बेहद पसंद किया जा रहा है दरअसल पंद्रह अप्रैल को बंगाली नववर्ष है इस दिन बंगाली परिवारों में खास पकवान बनाया जाते हैं क्या आपने बंगाली मिठाई खाई है कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद